मेरी जान बिकने वाले और भी हैं, जाकर खरीद ले। दोसा वाले कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते आओ पैसे आने